ओ ओयो देवी रविष्ट आपो भगवंत पीत शयों रवेशी अब तक के सारे अपराध न क्षमा करो है मे करुजी अब तक के सारे जहाँ <laughs> है